बढ़ती महंगाई के बीच अपने सपनों का घर बनाना हुआ आसान ईट नहीं अब का लगाइए। इसके निर्माण में हम इस्तेमाल करते हैं फ्लाइर्स सीमेंट एल्युमिनियम पाउडर लाइम, जिप्सम इत्यादि जिसे बैचिंग कर लोगों के आवश्यकता अनुसार ऑटोमेटेड मशीन से हर तरह के साइज में बनाया जाता है हमारी टेक्नोलॉजी और हाईली ट्रेन टीम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करते हुए ए ए सी ब्लॉक्स का निर्माण करती है जहां पर बैचिंग से हॉरिजॉन्टल कटिंग वर्टिकल कटिंग जैसी तमाम चीज़ें ऑटोमेटेड मशीन से किया जाता है इसमें पहले शाइलों से स्क्रू कन्वेयर द्वारा इस पैनल मॉनिटर से कंट्रोल करके ज़रूरत के हिसाब से मटीरियल को मेन मिक्सचर में डाला जाता है इस प्रक्रिया के जरिए हम गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए उतनी ही मात्रा में मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जितनी हमें जरूरत होती है रेड ब्रिक्स के बदले ए ए सी ब्लॉक्स क्यों लगाएं? ए ए सी ब्लॉक मृत वजन को कम करते हैं जो कि इसके हल्के होने के साथ साथ सीमेंट और मोटार की खपत को कम करने के कारण भवन निर्माण में इस्पात की कमी को कम करने के लिए अग्रणी है इसके साथ ही इको फ्रेंडली भी होता है ये पारंपरिक कंक्रीट की तुलना में कम से कम 30 प्रतिशत कम ठोस अपशिष्ट पैदा करता है ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 50 प्रतिशत की कमी आती है ए ब्लॉक फ्लाई एश या पॉन्ड एश या सैंड द्वारा गैर प्रदूषणकारी तत्वों से युक्त भाव इलाज और गैर प्रदूषणकारी प्रक्रिया के माध्यम से बनाए जाते हैं इसलिए ए ए के निर्माण के लिए अधिक पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद हैं यह समग्र निर्माण को दो दशमलव पाँच प्रतिशत कम करता है क्योंकि इसमें कम जुड़ाव की आवश्यकता होती है और सीमेंट और स्टील की आवश्यकता को कम करता है दीवार पेंटिंग और प्लास्टर लगभग शून्य के रूप में लंबे समय तक प्रभावित होता है जो कम रखरखाव लागत में तब्दील हो जाता है ए ब्लॉक काफी हद तक भूकंप या उच्च हवाओं द्वारा किसी भी नुकसान को हल करता है ऐसे में बदलते परिवेश के साथ अब सपनों का घर बनाने के लिए मिट्टी की ईंटों की जगह ए ए सी ब्लॉक यानी की ऑटोक्लेप्ड एरोटेड कंक्रीट ने ले ली है फ्लाई एज से बने ये कंक्रीट मजबूत ब्लॉक और सस्ते होते हैं आम ईंट से तैयार घर बनाने में आई लागत की तुलना में ए ए सी ब्लॉक से घर बनाना काफी किफायती पड़ता है फ्लाई एज से बने इन ब्रिक्स का इस्तेमाल कई मायनों में किफायती है जिस जगह 1000 मिट्टी का प्रयोग होता है वहाँ 800 सौ ए ब्रिक्स में ही काम चल जाता है ये सस्ता और काफी टिकाऊ है